दौड़ के आजा, जा दौड़ के आजा, जा दौड़ के आजा। आ दौड़ के आजा मेरी माँ तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आ दौड़ के आजा मेरी माँ तुझे तेरे आजा मेरी माँ तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। हम सारे तेरे चंद हम सारे तेरे तुझे तेरे भक्त बुलाते आहा आजा मेरी माँ तुझे तेरे भक्त बुलाते दरस करावो भक्त तो को अपने गले लगावो मंदिर में आवो दर करावो भक्त तो को अपने गले लगावो उधार करो मेरी माँ उधार करो मेरी माँ तुझे तेरे भक्त बुलाते आ के आजा मेरे माँ तुझे तेरे भक्त बुलाते माँ तो भवानी बड़ी हो दानी बिन मांगे तू देती मन मांगी तो भवानी बड़ी हो जानी बिन मांगे दे ती मन मानी भंडार भरो मेरी माँ भंडार भरो मेरी माँ तुझे तेरे वक्त बुलाते हैं आ दौड़ के आजा बीच भवर में पड़ी है नैया ना पतवार ना कोई मैया बीच भवर में पड़ी है नैया ना पतवार ना कोई खेवैया बेड़ा पार करो मेरी माँ बेरा पार करो मेरी माँ तुझे तेरे बट बुलाते आ तो एक मेरी माँ तुझे तेरे बट बुलाते हमें सारे तेरे संतान हमें सारे तेरे संतान बुलाते हैं आ दौड़ के आजा मेरी माँ तुझे तेरे और तो बुलाते हैं आ दौड़ के आजा मेरी माँ तुझे तेरे